कहते हैं कि शिरडी के साईं बाबा गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है वेलकम गुरुवार विद श्री साई वाणी संदेश अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साई नाथ महाराज की जय ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ शिरडी के साईं बाबा फॉर डेही श्री साई वाणी संदेश कनेक्ट शेयर फॉलो लाइक साई राम साई श्याम साई भगवान शिरडी के दाता सबसे महान